काहे जादुदी नाच काहे बंद भेल बा हो अरे देख न ई के नाचती कहो ता कि बंद करे अभी 5 बजले नई खाई बंद करे देख तानी कैसे बंद करता काहे नाच बंद भई ना चालू करो जल्दी से न त बुझात नहीं के इहे अहि दाल के टोला बुझाई बाद में पता चलबे करी आइ बारे सहाटा नखरा नखरा <laughs> ना ना ना रात तो तो ना तो जवा बाबू के नाम पावर हाउस हम भूल भूलटे जवा हमार बाबू के नाम तू मिक्स म्यूजिक जान ला जवार हमके बबा बेसी हरत आही माई करत खुल जा तू हर दे बाबू के नाम पावर हाउस हम भूलत जवा हमार बाबू के नाम पावर हाउस हम भूलत जवा हमारे के नाम पावर हाउस हम दे भूलते आह सट तो जलदी फेहे की कहले विधा कर जोई ही भागी। जोई ही भागी। और तो है भी कस जैबे नाही भाई जैबे नाही भाव ले आबने सहट जलदी फेहे कतारे विभा तोये जाबा बाबू के नाम ह पावोर हाऊच हमर ह भूलटे जाबा हमर बाबू के नाम ह पावोर हाऊच हमर ह भूलटे जाबा हमरा दैदी के नाम ह पावोर हाऊच हमले ह भूलटे जाबा तू आइल बारे नाचे तना जही ला दुनु फ्यूज होई उर जाइथे जाबा बाबू के नाम पावर हाउस हम भूलत जवा हमार बाबू के नाम हावर हा हाउस हम भूलते जावा हमारा भैदी के नाम